अजय देवगन की दृश्यम बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है जी हां रविवार को ही इस फिल्म ने 27 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है ये फिल्म, करोड़ की कमाई कर ली है। ये फिल्म ने अपने बजट को पार कर लिया है अब ये फिल्म मुनाफा कमा रही है ये फिल्म का सुपरहिट होना तो तय है ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए दखल न्यूज